ये तब हुआ जब मैं 2019 में एम यूनिवर्सिटी कोलकाता इंडिया में अपने मास्टर बैक के लिए पढ़ाई कर रहा था मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूँ मैं एक लड़की हूँ मैंने हाल ही में अपना मास्टर्स पूरा किया है और अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और मैं भारत से हूँ मैं वास्तव में पैरानॉर्मल या किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि अपने इस अनुभव को कैसे समझाऊँ जो उस समय मेरे पास था ये शायद मेरी अब तक की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है चलो 2019 में अपने अनुभव के साथ शुरू करते हैं जब मैं कोलकाता में अपना मास्टर्स कर रहा था मैं उस हॉस्टल में रहा जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही था मेरा कमरा सबवे था मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्टल में हमारा रहना कैसा था हर कमरे में दो भाग होते हैं जहाँ दो लोग एक ही कमरा साझा कर सकते हैं तो बिना आगे एड के चलिए मैं सीधे अनुभव में आता हूँ एक रात मैं और मेरा रूममेट रात के खाने के बाद हमेशा की तरह सोने की तैयारी करते हैं और हमने लाइट बंद कर दी थी और अपने बिस्तर पर आ गए थे कुछ घंटों के बाद मैं अपनी नींद में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे होटों को चाट रहा है मैंने अपनी आंखें थोड़ी खोली ये देखने के लिए और यह आता है सबसे स्केरियस मोमेंट मेरी लाइफ की एक काली छाया जैसी परछाई थी जो मेरे बेड के पास फर्श पर बैठी थी और मेरे चेहरे को चाट रही थी इस पर मैं डर गया और मैं जम गया और मैं अपने हाथ या पैर नहीं हिला सका मैं बिस्तर पर बेसुध लेटा हुआ था और मेरे बगल में अजीबोगरीब आकृति को देख रहा था फिर मैंने देखा कि यह उठकर दीवार की ओर भागा और एक सेकेंड में गायब हो गया मैं इससे इतना हिल गया था कि मैं वहाँ जम गया था और डरावने रूप से हिलने डुलने में असमर्थ था मैंने अपने रूममेट्स की तरफ देखा वो गहरी नींद में थी और मैं उससे जगाना नहीं चाहता था फिर धीरे धीरे मैं उठा और कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गया और इमेजिन करने लगी क्या हो की छोटी को अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना की और मूर्ति को मेरे तकिए के नीचे रख दिया और वापस सो गया मैं वास्तव में इस अनुभव को किसी के साथ शेयर नहीं किया है और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे आज भी ठंड लगती है क्या यह स्लीप पैरलिस था या फिर कुछ और मुझे नहीं पता लेकिन जो कुछ भी था वो एक पूर्ण रहस्य से भरा हुआ था